नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट प्लीज बैठिए नहीं प्लीज बैठिए प्लीज बैठिए प्लीज बैठिए पर अपन को सदन के बार यह भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं या हमें नहीं दिखाते कहा भी टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि सर अध्यक्ष अध्यक्ष जी बट रियलिटी है आप माइक बंद कर देते। आपको, बैठिए नहीं मेरा एक कहना आप पूरे समय बोले आप आ नहीं आपका आप बोल रहे हैं फिर आप पूरे, आप पूरे स... ठीक थैंक यू